सो वी विल स्ट आवर सेशन सबसे पहले मैं बॉम वेलकम करता हूँ आप सभी को एंडल्टी राकेश सर एज वेल एज रेमा सॉफ्ट को सो थैंक यू स्टूडेंट्स फोर ज्वाइनिंग एंड आप लोग यहाँ पर जिस चीज़ के लिए स्पेशल जुड़े हो तो मैं बता दूँ कि नॉर्मुक पेन ले के भी आपको रेडी रहना because इंस मीन्स बैंकिंग के लिए जो जो आपके मन में क्वेरीज है वो शॉर्ट आउट करने के बाद वी आर गिविंग यू वन स्पेशल मतलब बोलते हैं क्वालिटी एप्टीट्यूड्स के ऊपर कुछ सम्स रखकर सर आपको करवाएंगे सो डैट विल भी हेल्पफुल टू यू टू हाउ टू स्टार्ट योर स्टडीज या तो फिर आप इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकते हो कि यहाँ पर किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा सो इट्स कैन रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जुड़े नहीं उनको भी बता दीजिए एंड एंड यू यू आफ्टर सेशन कैन आस्क योर योर क्वेरीज क्वेरीज, आल्सो रह गए खाली मैं एक मिनट पूछ लेता अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइंट हो रहे तो उससे पहले मैं पूछ लेता हूँ बिफोर स्टार्टिंग से कि आप में से कितने लोग मतलब ग्रेजुएट है जिन्होंने अभी टी वाई का एग्जाम दिया है या एक दो दिन में खत्म होने वाला है या लास्ट ईयर अपेयर किया है जिन्होंने अभी अपेयर किया है डेफिनेटली दे आर ऑल्सो ग्रेजुएट जिन्होंने अभी एग्जाम अपेयर किया है दे आर ऑल्सो ग्रेजुएट क्योंकि बड़ा वरना कोरोना की मेहरबानी से हम सब पास हो गए हैं ना तो डेट इज़ वेरी गुड थिंग बट वो आगे बहुत टफ होने वाला है आपके लिए द फ्यूचर सीनरी इज टफ आपने अभी शॉर्टकट मार लिया बट लाइफ में सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है तो मैं जस्ट हैंड रेज कर देंगे यहाँ पर तो भी चलेगा जस्ट रेज योर हैंड जस्ट रेज योर हैंड जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर टी है ओके वेरी नाइस वन रेज योर हैंड इन चैट ओके रोशनीट या तो अभी जिन्होंने टी वाई दिया है मतलब बस एक दो दिन में ग्रेजुएट हो ही जाओगे आप लोग तो वो लोग भी यहाँ पर बता सकते हैं जो अभी टी वाई के एग्जाम दे रहे हैं करंटली दे आर ऑल्सो ग्रेजुएट 100% आप लोग पास हो ओके okay? बस भले ही आगे बहुत सारी आपको तकलीफें आने वाली है अगर तो जो आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो अदरवाइज कोई तकलीफ नहीं है जिनको पढ़ाई नहीं करना है उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है जो लोग आज बैंकिंग का लेक्चर सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं जिनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं जिनको बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की ज़रूरत है उन्हीं के लिए आज का सेशन है और उन्हीं के लिए हम लोग बराबर ना इतने सालों से बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वी विल स्टार्ट विद सेशन सो सो वेलकम वेलकम ऑल ऑल ऑल कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स गुड इवनिंग वन ऑफ वंस आपकी जो भीज रहेंगी चार्टॉक्स में वगैरह पूछ सकते हो आप एट एंड वगैरह सो so, बैंकिंग सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आप लोगों को कोई भी एक जन अनम्यूट करके खाली बता सकता है कि आप आज बैंकिंग फील्ड में क्यों जाना चाहते हो मतलब बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हो आप एमबीए भी कर सकते हो सीए भी कर सकते हो सी कर सकते हो आईसीडब्ल्यू भी कर सकते हो और भी बहुत सारे मार्केट में अच्छे ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पर अच्छा खासा पेश के लें तो वाई द बैंकिंग वाई बैंकिंग एक जन अनम्यूट करके बता दीजिए स्टूडेंट में से स्टूडेंट में से एक जन अनम्यूट करके बता दीजिए प्लीज बाय बैंकिंग अच्छा वो कॉलेज का या क्लासेस का लेक्चर नहीं है यहाँ पर जहाँ पर मुझे नाम लेके आपको पूछना पड़े तो ही आप आंसर दोगे मैंने कहा कोई भी एक जन अनम्यूट करके बता देता है हम लो भी लोग भी रोज ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं जब स्टूडेंट का नाम लेंगे तो वो आंसर देता है वी नो वेरी वेल स्टूडेंट का नाम नहीं लेंगे तब तक उसको लगता है कि सर ने मुझे पूछा ही नहीं है राइट तो अनम्यूट करके किसी एक को अगर जो आंसर देना रहेगा सो प्लीज़ गिव द आंसर अदरवाइज राकेश सर का जब लेक्चर रहेगा अभी आफ्टर फ्यू मिनट्स तो आपको सारे आंसर देने ही पड़ेंगे क्योंकि सर मैथ्स करवाने वाले क्वान्टिटी एप्टीट्स मैथ्स करवाने वाले आपको तो उसमें आंसर दोगे ही नहीं तो सर आगे पढ़ेंगे ही ओके सो मैंज्यूम कर लेता हूँ कि सब लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए सिक्योर जॉब चाहिए या तो पहले से ही आपको पता है गवर्नमेंट जॉब क्या होता है सिक्योर जॉब क्या होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आज कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि आज भी गवर्नमेंट सेक्टर की सारी फील्ड चालू है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर की सारी स्ट्रीम्स फील्ड ओपन है सिक्योर जॉब है तो हमें भी सर सिक्योर जॉब के लिए जाना है तो उसके लिए सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए आज यहाँ पर आप लोग ज्वाइन हुए हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितनी मेहनत करनी है अगर जो आप बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हो बैंकिंग पी एग्जाम क्लर्क एग्जाम बैंकिंग के अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जो आप बैंकिंग एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो सिक्योर जॉब पाना चाहते हो तो आपको पहले तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत क्या करनी पड़ेगी वही चीजें आज हम यहाँ पर बताने के लिए आपको यहाँ पर आपको इन्वाइट किया गया है सो वी विल स्टार्ट विद स्क्रीन ऑल सी द स्क्रीन सो वी आर स्टार्टिंग विद्रीन डेट इज चार सब्जेक्ट्स जिनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी आज मिलेगी और वो चार सब्जेक्ट यहाँ पर फोर मंथ आपको पढ़ाए जाएंगे अगर जो आप इमीजिएटली ज्वाइन करते हो बैचेस के लिए क्लासेस के लिए ज्वाइन करते हो तो चार सब्जेक्ट दैट इज लॉजिकल रीजनिंग सबको पता है नाम सुना होगा आपने क्वान्टिटी एप्टीट्यूड्स मतलब मैथ्स जिसमें एक टॉपिक आज सर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो बहुत ही जरूरी है करंट अफेयर्स कंप्यूटर स्किल्स कल ही एक वेबिनार हुआ था ऑलमोस्ट मेरे घर कल काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ पासपोर्ट वगैरह तो उन्हीं के लिए आज हमने वापस से सेशन रखा है सो so, कल कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ पासपोर्ट वगैरह क्योंकि बड़ा टेक्निकल पासपोर्ट चेंज हो गया था तो उसी के लिए आज रखा है तो कल जिस स्टूडेंट ने अटेंड किया था सेशन उसने आज मुझे फ़ोन करके कहा सर मैं प्लीज़ जीपे करता हूँ लेकिन बैंकिंग करने के साथ साथ आपने कहा था कि इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए तो मैंने उसको सिंपल सवाल पूछा कि कोई भी बैंक का एक भी मैनेजर ऐसा बता दो जिसको कंप्यूटर नहीं आता रहेगा कोई भी एक बंदा ऐसा बता दो आप बैंक कोई भी इंटरव्यू बैंकिंग नहीं कोई भी फील्ड में इंटरव्यू देने जाओगे तो यू मस्ट रिक्वायर अ कम्युनिकेशन स्किल गुड इंग्लिश डेट इज अमम क्राइटेरिया मिनिमम क्राइटेरिया आपका कम्युनिकेशन स्किल यू मस्ट है आंसर ऑल क्वेश्चन आपके जो राउंडस होते हैं इंटरव्यू राउंडस वगैरह उसमें आपका एटी स्किल्स भी चेक किया जाता है आफ्टर डैट ओनली यू कैन गो फॉर प्री स्किल्स पोस्ट स्किल्स मतलब कोई भी फील्ड आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी फील्ड में हो आपको बहुत सारी स्किल एक्वायर करनी पड़ती है एक डिग्री के लिए आप बोलोगे कि सर मुझे कंप्यूटर नहीं आता है तो चलेगा क्या मुझे एक्सेल नहीं आता है तो चलेगा क्या डेट पॉसिबल ही नहीं है आपने अगर जो एम बी ए किया तो भी आपको एक्सेल आना चाहिए कंप्यूटर आना चाहिए आपने सीए किया है सीएस किया एसी डब्ल्यू किया है तो भी आपको कंप्यूटर एक्सेल टैली जैसे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए जिसके बेसिस पे ही आपको अच्छी सैलरी मिलेगी या तो आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली बैंकिंग के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको बट याद रख लो कि यू मस्ट एक्वायर एडिशनल स्किल आपको एडिशनल स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा और इसी के लिए गोल्डन टाइम मिला है जो कोविड है आपके पास गोल्डन टाइम है जहाँ पर कॉलेज या कहीं और आना जाना नहीं पड़ रहा है आपके पास वैल्यूएल टाइम है इस टाइम को मैं गोल्डन टाइम नहीं डायमंड टाइम कहूंगा कि आपको सारी स्किल एक्वायर करने के लिए टाइम मिला है सो ग्रैब डेट अपॉर्चुनिटी यू कैन बराबर ना अगर जो आप आज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और आपने कल बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया बैंकिंग के एग्जाम अगर जो प्री मेन्फ कल भी हो गए और इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई तो मैं बता दूं क्या क्या क्यों प्रॉब्लम आई क्योंकि आपसे ज्यादा प्रिपरेशन कोई तो आपका कलीग कर रहा था और जब आप उसके साथ अपने आप को इंटरव्यू देने जा रहे हो मतलब तो आप दो जन साथ में इंटरव्यू देने जा रहे हो जिसने ज्यादा प्रिपरेशन किया है जिसने ज्यादा मेहनत किया है जिसने ज्यादा स्किल एक्वायर किया है आपने सिर्फ बैंकिंग के लिए प्रिपेयर किया था उसने कंप्यूटर के लिए भी उसने इंग्लिश के लिए भी उसने अदर चीजों पर भी बहुत सारा फोकस किया था ध्यान दिया था उसने अपने आपको उसमें जोक दिया था उसने अपने आप को वो काबिल बनाने के लिए जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ के लिए उसने जीत रखी थी और उसके लिए हो गया, और आप छह महीना और पीछे रह गए आपको अब छह महीने बाद या एक साल बाद वापस से चांस मिलेगा तो प्लीज याद रखो कि ये जो गोल्डन टाइम है उसमें ही आपको बहुत कुछ अचीव करना है अपने आपको लेजी नहीं बनाना है अलसी नहीं बनाना है सो so, चार सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये जो स्लाइड पे लिखा हुआ है कि बैंकिंग के लिए वन पॉइंट फाइव करोड़ कैंडिडेट कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया अपियर करते हैं डेट इज वेरियस बैंकिंग एग्जाम नॉट ओनली पीओ आप बोलोगे आई बी पी के लिए नहीं बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं क्या बोलते हैं एप्लीकेशन आते हैं उसमें से जो एट्टी लोग अपियर कर पाते हैं उसमें से अराउंड थर्टी फाइव एवरी ईयर निकलती है जिसका कट ऑफ बड़ा वन एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट रहता है और वहाँ पर मतलब ये 52% एज एवरेज लिखा गया है और यहाँ पर एज लिमिट से लेकर सब कुछ आपको पता ही है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है आज जो मैं या राकेश सर या आप जो तीन चार महीना हमारे पास जुड़ोगे इंस्टीट्यूट में तो जो हम बात करने वाले हैं जो सिखाने वाले हैं वो मेन्स के हिसाब से आपको सिखाने वाले हैं तो आपको मेन्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो प्रिलिम तो आप ईजिली पास हो जाओगे आपको प्रिलिम क्रैक नहीं करना है सिर्फ आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है अगर जो फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी करोगे तो प्रिलियम तो ऑटोमेटिकली आप पास कर ही लोगे तो प्लीज़ आपका गोल रखना है मेंस क्रैक करना ओके और इंटरव्यू के लिए आपको साल प्रिपेयर करना है और उसके लिए नेगेटिव मार्किंग वगैरह तो रहता ही है क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम है और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ मतलब यहाँ पर तीन इंस्टीट्यूट से लोग जुड़े हुए हैं सो मैं बता दूँ कॉमनली कि कुछ कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली जो कंसर्न जहाँ से आपको व्हाट्सअप आया है वो पर्टिकुलर जो हमारे हेड है मतलब बनोर ना रियमा सॉफ्टेक्स से सुरेश सर से या मुझसे डायरेक्ट कॉल करके कुछ कुछ चीज़ें आपको मन में कुछ भी क्वेरीज रहेगी टाइमिंग से लेकर बैच से रिलेटेड तो आप सॉर्ट आउट कर लेना फिलहाल मैं कॉमन अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि 200 से ज्यादा टेस्ट लिए जाते हैं अगर जो आपने अभी अभी अगर जो बैंकिंग के लिए ज्वाइन किया हमारे पास ये बैच में अठारह तारीख से ट्यूजडे से जो बैच स्टार्ट हो रही है आप अगर जो अक्टूबर में मैं अभी डिक्लेयर करने वाला हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड में है डेट्स वगैरह अक्टूबर में अगर जो आपने एग्जाम नहीं दिया या कुछ रीजन से आप अनसक्सेसफुल हुए तो उसके बाद रिपीट बैच में आप फ्री ऑफ कॉस्ट बैच सकते हो यू डोंट हैव टू अ सिंगल रुपी वो फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी इंस्टीट्यूट में मिलेगी बाकी कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको ओके यू कैन सीट फॉर अ रिपीट बैच फ्री ऑफ आप कॉस्ट आपको उसके लिए एक भी रुपया नहीं पे करना पड़ेगा स्टडी मटेरियल सारा अपडेटेड मिलेगा आपको डेली करंट अफेयर्स वगैरह मिलेंगे ये सारी चीजें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन वगैरह हम लोग करवाते रहते हैं स्टूडेंट्स को तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर प्रोवाइडिंग एंड ऑलवेज ऑलमोस्ट डेली वी आर प्रोवाइडिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे आज कि बैंकिंग के एग्जाम कब का होने वाली है तो फिलहाल मैं एक डेट डिक्लेयर करता हूं कि IBPS के एग्जाम अक्टूबर में होने वाली है दैट इज अक्टूबर मतलब आज से पाँच महीने आपके पास है पाँच महीने अब आपको ये डिसाइड करना है कि पाँच महीने ज़िंदगी के जो टॉपिक जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाएगा वो पाँच बार दस बार नहीं पचास बार पढ़ डालना है रगड़ डालना है कि मतलब पाँच महीने अपने आपको उस सब्जेक्ट में जोक देना है पाँच महीने अपने आप को डिवोट करना है पूरा बोलते ना सारी चीजें लगा देनी है उस चीज के लिए बैंकिंग की एग्जाम क्रैक करने के लिए कि कि आने वाले तीस साल तक हमें बराबर ना हिलते रहना डुलते रहना या वहाँ भटकते रहना वो आपको डिसाइड करना है यू हैव टू डिसाइड अगर जो बैंकिंग के लिए आप सीरियस हो तो पांच महीने बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको खाली चार सब्जेक्ट पढ़ के एक बार पढ़ के दो बार पढ़ के काम नहीं चलेगा आपकी स्पीड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही राकेश सर आपको बताएंगे कि आप बोलोगे कि ये मैथ्स का सम तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ बट आप दो मिनट में सोल्व कर सकते हो एग्जाम में पर क्वेश्चन टाइम है फोर्टी सेकंड्स, चालीस सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको तो वो स्पीड आपको चाहिए अगर तो जो आप एक मिनट भी लगाते हो तो आप बोलते ना कट ऑफ तक पहुंच ही नहीं पाओगे अगर जो आप कट ऑफ तक पहुंच ही नहीं पाओगे तो क्या फायदा एग्जाम देने का तो ये बहुत सारी स्किल्स आपको एक्वायर करनी है स्पीड वगैरह एकवायर करनी है आपको सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पांच महीने पूरी मेहनत करनी है जी जान लगा के कि आने वाले तीस साल मेहनत कर ली है महीने मेहनत करके अगर जो आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया मेंस के लिए तैयार हो गए आप और उसके बाद उसके बाद नवंबर में मेंस मेन्स आपका और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम अगर जो नहीं देना तो यहीं पर मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद आप अगर जो इंटरव्यू क्रैक कर पाए तो आप सिक्योर्ड हो जाओगे नहीं तो और तीन छः महीने लगेंगे छः महीने वगैरह बट ये जो भी प्रोसीजर आपको एक साल के अंदर अचीव कर लिया आपने तो आने वाले तीस साल आपके सिक्योर्ड रहेंगे अदरवाइज तीस साल बराबर ना आपको डिसीजन लेना है कि कैसे जीना है ओके तो एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन के हिसाब से बता दूं कि नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम विल बी इन फैक्ट एग्जाम कभी रहेगा फैक्ट में रहेगा ये टेंटेटिव डेट्स है वगैरह सो आरबीआई बी के जो एग्ज़ाम्स है वो जनवरी 24 अभी डेट्स है जो ऑनलाइन बता रहा है और काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि फीस वगैरह क्या रहती है एग्जाम अप्लीकेशन के लिए तो एट फीस रहती है जो आराम से आप लोग बराबर ना बेयर कर सकते हो तो ये और मैंने जो कहा था स्टार्टिंग में आपको 35 है। हमें इंडिया है तो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमें वो एक सीट चाहिए ही चाहिए हमें एक सीट के लिए सब कुछ कर डालना है वो एक सीट मुझे चाहिए वो एक सीट के लिए मैं सब कुछ पढ़ डालूंगा सब कुछ रगड़ डालूंगा सारी चीजें रट्टा मार डालूंगा सारे स्किल्स एक्वायर कर डालूंगा सारे न्यूज़पेपर पढ़ डालूंगा मैं सारे क्लासेस इंग्लिश के ले, से लेकर सारे लगा दूंगा क्लासेस सब कुछ कर डालूंगा क्योंकि ये आप खुद के लिए कर रहे हो कोई इंस्टीट्यूट के लिए या आपके पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल यू आर मेच्योर्ड आप बैंकिंग की एग्जाम दे रहे हो तो पहला और आखिरी आंसर आपको खुद को देना है कि ये मैं खुद के लिए कर रहा हूं मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं अगर जो आप सोच रहे हो कि आपका पड़ोसी आपके आके आपको पांच हजार दस हजार देने वाला है मतलब आपका पड़ोसी आके आपको एग्जाम के लिए कोई हेल्प करने वाला है आपका पड़ोसी आपको लाइफ में आगे कैसे तीस साल जीना वो बताने वाला है नहीं वो सब आपको ही डिसाइड करना है और प्लीज वापस से बता दूँ तो कि यू हैव यू आर डूइंग फॉर योर तो आर मतलब हम लोग आप बोलोगे कि सर बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम्स वगैरह कहाँ से आ गया तो ये बैंकिंग के जो चार सब्जेक्ट है उसके लिए आप अगर जो प्रिपेयर करते हो तो यू कैन अपीयर एनी एनी गवर्नमेंट एग्जाम आप रेलवे के एग्जाम आने वाली है जून में वो अपीयर कर सकते हो एल के असिस्टेंट एग्जाम्स आती है और आई के, के क्लर्क की एग्जाम आने वाली है तो ये सारे एग्जाम्स में से कोई भी एग्जाम आप अपेयर कर सकते हो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम करेक्ट कर सकते हो इससे डेफिनेटली आपकी स्किल बढ़ने वाली है आपके अंदर जो नॉलेज है पावर है कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने वाला है और प्रिलिम्स के लिए हंड्रेड मार्क का एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है ये आपका जो टी वाई में अभी एग्जाम हुआ ऑब्जेक्टिव वाला वैसे ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है प्लीज ध्यान में रखो ओके okay? ये ऑब्जेक्टिव मतलब 40 सेकंड में एक आंसर सॉल्व करना है आपको और उसके लिए मैं सिंपल बात बता दूं तो बराबर ना हमें पूरा जोकना पड़ता है खुद को पूरा पूरा पूरा, पूरा डिवोट करना पड़ता है और आप वापस से बता दू कि आपको मेन्स के लिए तैयारी करनी है मेन्स के लिए टू प्लस ट्वेंटी मतलब टू मार्क्स का एम और ट्वेंटी मार्क्स का इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका तो ये मेन्स के लिए होता है और इंटरव्यू जो वर्बल होता है आपका तो ये सारी चीजें आपको करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट के कट ऑफ तो प्री के लिए कट ऑफ रहता है सेवेंटी ये स्टेट वाइज थोड़ा सा चेंज होता है बट यहाँ पर एवरेज लिखा गया है सिक्सटी मिनट्स में आपको हंड्रेड में से सेवेंटी अचीव करना है मेन्स के लिए आपको टू आवर्स रहते हैं टू में से नाइन्टी अचीव करना है आप बोलोगे सर नाइन्टी तो न्यू अचीव कर लेंगे अरे वो आपके साथ और डेढ़ करोड़ लोग या एक करोड़ लोग दे रहे हैं एग्जाम तो खुद को उनके साथ कम्पीट करना है आपसे 10 गुना ज्यादा नहीं आपसे पहले पांच पांच अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद भी जो हिम्मत हार नहीं हार के आज छठवा अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके साथ अपने आप को कम्पीट करने वाले हो उनके साथ अपने आप को कंपीट करने वाले हो तो आपको पता करना है कि आपको कितनी बोलते हैं ना कि, कितनी कमी है अपने आप में वो देखना है और रोज सुधार करना है डेली सुधार करना अपने आप में ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स डेट इज वॉट जॉब आर दैर इन बैंक तो क्लर्क का जॉब पी ओ का जॉब रहता है ये तो आप सभी को पता ही है उसके अलावा असिस्टेंट बैंक असिस्टेंट का मैनेजर लेवल के जॉब्स रहते हैं कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के जॉब्स रहते हैं टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट रहती है बैंक में उसके लिए जनरल मैनेजर से लेकर ब्रांच मैनेजर के जॉब्स वैकेंसीज रहते हैं आई टी ऑफिसर्स रहते हैं बैंक में आई टी टेक्निकल लॉ डिपार्टमेंट कंसल्टेंट सभी की जरूरत पड़ती है इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आपको बहुत सारी स्किल अकॉर्ड कोई भी कोई भी चीज़ आप अकेले नहीं चला सकते हो आपको बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारे लोगों के साथ मिल के मिलकर काम करना होगा तब जाके वो स्किल आप अक्वायर कर पाओगे ओके सो दीज आर द जॉब रिक्वायरमेंट्स नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फोर सब्जेक्ट्स जिसमें पहला सब्जेक्ट है आपका न्यूमरिकल एबिलिटी क्वान्टिटी एप्टीट्यूड्स मतलब मैथ्स आप बोलोगे सर ये सारे चैप्टर तो हमने सुने हैं पढ़े हैं वगैरह उसमें से एक चैप्टर जो सर आज स्टार्ट भी करेंगे और ये सारे चैप्टर्स के नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है मैथ्स के सारे चैप्टर्स हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के सारे चैप्टर्स हैं मैथ्स के जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी अगर जो टीचर ने आज चालीस क्वेश्चन करवाए तो आपको सामने फोर्टी क्वेश्चन घर पर सेम डे सॉल्व करने पड़ेंगे सेम डे आपको एक्स्ट्रा फोर्टी क्वेश्चन घर सेम डे सॉल्व करना और ऐसे कंटिन्यूस करना आपको डेली करना है क्लासेस में बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मोड में आप आओगे डेली डेलीसिस रहेंगे मंडे टू सैटरडे डेली होमवर्क रहेगा डेली टेस्ट रहेगा आपका डेली करंट अफेयर्स पढ़ना रहेगाबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी मतलब आपको पता है की आपकी एबिलिटी चेक की जाती है लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा न्यूमरिकल टेस्ट होता है कोडिंग डी कोडिंग होता है ब्लड रिलेशन वगैरह जज करना रैंकिंग सिक्वेंस जज करना बड़ोबर ना तो ये सारे इनपुट आउटपुट वगैरह जो रहता है वो आपको जज करने आना चाहिए क्विक जज करना आना चाहिए और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करना है डेली प्रिपरेशन करना है आपको डेट इज सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के ऊपर टीचर्स आपको हर चीज के लिए हेल्प करने ही वाले हैं बट टीचर ने आपको क्या दिया टीचर टीचर मतलब क्या है आपके लिए आप इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करोगे क्लास क्यों लगाओगे मार्केट में सौ बुक पर डालोगे तो भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके अंदर फियर रहेगा लेकिन टीचर क्या है आपके लिए की है सोल्यूशन है टीचर आपके लिए मंत्र है, टीचर आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, टीचर के पास वो ट्रिक है जो ट्रिक से आप दो मिनट का काम चालीस सेकेंड के अंदर कर पाओगे इसीलिए आपको बराबर ना टीचर की ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो भी बुक दी जाएगी चैप्टर के चैप्टर पूरे पढ़ लें, और आप जैसे इलेवन 12th में देते आए हो, क्वेश्चन प्रिपेयर करके क्वेश्चन ढूंढ के आंसर वो तो करना ही करना है उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पूरा का पूरा बुक पूरे के पूरे चैप्टर पूरे के पूरे पैराग्राफ पढ़ डालने वगैरह नेक्स्ट डेट इज डेली अप्रोच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो भी मैंने आज चीजें बताई वो आपको डेली करनी है डेली आपको रीड करना है सब्जेक्ट का रीडिंग करना है आपको हंड्रेड से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है टीचर ने अगर जो फोर्टी करवाए फोर्टी होमवर्क दिया तो और ट्वेंटी क्वेश्चन बुक में से ढूंढो एंड डेली उसके लिए तैयारी करो करंट अफेयर्स न्यूज पेपर के हेडिंग्स आपको डेली पढ़ डालने और प्रीपेयर योर सेल्फ बराबर ना मतलब आप क्या कर रहे हो मैंने कहा कि इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको प्रिपेयर करना है मीर के सामने रह के खड़ा होके आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है यू हैव टू डेवलप योर इंग्लिश यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जीडी राउंड्स ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट में तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली हम लोग बराबर ना एच को वगैरह बुलाते हैं बहुत सारी चीजें आपको करवाएंगे ही करवाएंगे बट क्या होता है वो मैं बराबर ना आपको हिंट दूंगा आपको क्लीव दूंगा उसके बाद आपको वर्कआउट ऑल फिंगर्स आर नोट सेम वैसे हर एक का मेंट बोलते हैं ना कि आईक्यू लेवल या मेंटल पावर बोलते हैं हम लोग जो अंडरस्टैंडिंग पावर सेम नहीं है तो आपको आपकी वीकनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है ज्यादा काम करना है और अपने आपकी स्ट्रेंथ बनाना है जो आपकी वीकनेस है उसको आपको स्ट्रेंथ बनाना है और उसके लिए सबसे बड़ा बैंकिंग एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या कुछ भी बड़ा सक्सेस बड़ा हाँ नॉट रेग्युलर अगर जो किसी से आगे कुछ हटके करना चाहते हो तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कल कभी नहीं आता है मेरी जिंदगी में मैंने हमेशा एक ही स याद रखा है रतन टाटा जी का एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको भी ध्यान रखना है कि डिसीजन लेने में देर मत करो डिसीजन लेने में देर नहीं करना है अगर जो एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो फिर उसको सही करने के लिए पूरी दुनिया पूरी जिंदगी पूरी ताकत लगा देना है सो so, डिसीजन लेने में कभी भी देर नहीं करना है सो डोंट वेट फॉर टूमोरो डू इट ऑल टूडे कल कभी नहीं आता है टूमोर कम्स ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टूमोरो never comes so